ना ना ना। और लेट्स स्टार्ट करते हैं फास्ट एक्स का टीजर ट्रेलर पहले जी जन आप तो वी आर बैक विद विदर वीडियो और आप देख रहे हैं मेरेक्शन यूट्यूब चैनल और आज मैं बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि अब माय बॉय टर्म टोरेटो इज बैक और हम हमारे साथ इसमें बहुत बड़ी कास्ट हो गई है फास्ट फैमिली वापस आ चुकी है फास्ट एक्स के साथ सबसे जो लेटेस्ट है जो सेकंड लास्ट पार्ट होने वाला है फास्ट फ्रेंचाइज का और हम उस पर रजेक्शन करने जा रहे हैं बारल में बहुत एक्साइटेड विन डीजल इसमें हैं जेसन ममोवा हैं बिली लांसर जो कहते हैं हमारे जैसन ममवा में बिली ला, जो लॉन्सन है वो कैप्टन मारवल हैं और भी जो बाकी ट्रेडिशनल की कास्ट वगैरह है बहुत मज़ा आने वाला है ज़बरदस्त होने वाला है मैं एक्साइटमेंट आपको बता नहीं सकता कि इस लेवल की है मैं कहता हूँ बहर पहले इसका हम करेंगे टीजर पर रिव्यू इसका जो टीजर आया था उस पर हम आपको रिव्यू करके दिखाएंगे पहले रिएक्शन करेंगे इस पर ताकि जरा एक ना बेस वो बन जाए मैंने नहीं देखा था कुछ भी नहीं देखा अभी तक बचा के रखा हुआ है स्टार्ट करते हैं भाई किसका फास्ट एक्स का मैफा मैं, मैं और आप, और आप देख रहे हैं मिस्टर एक्शन मैंने बताया था आपको लेकिन ऐसे दोबारा बता रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम देखने से पहले हमारे लाइक कर दें वीडियो को और लेट्स स्टार्ट करते हैं फास्ट एक्स का टीजर ट्रेलर पहले ओ भाई और वो यार सारे आ गए इसमें है ना बहुत बड़ी बात है कमाल। तो ये मूवी क्या है भाई मई 19 को आ रही है मेरी बर्थडे मंथ है बर्थ मंथ में आ रही है भाई तोहफा ही हो गया बर्थडे गिफ्ट हो गया और क्या चाहिए मुझे जब मैं आप हमें अपने थाट्स बताएं जरा कमेंट्स में कि आपको कैसा लगा हमारे तो बहुत ज़बरदस्त कर मैं कर... नहीं आ रहा हो क्या रहा है यहाँ पे अच्छा भाई आप ही बताएं हमारे कमेंट्स लिख के आपको कैसा लगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें पैलेक्ट में दबा दें और शेयर भी करें कमेंट भी करें पैलेक्ट में दबा दें ताकि आपको हमारी मिलती हैं ओके असल